पुष्पा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं ऐसे चलेगा फंसेगा नहीं पुष्पा पुष्पा मैं झुकेगा नहीं आ, है कि नहीं और किसी का चप्पल वप्पल टूट जाता है तो केवल गति जुड़ जुर्जा ऐसे चलता पुष्पा पुष्पा जो चलता है श्रीवल्ली उसमें केवल और केवल क्या है गति जुर्जा पैरवा उठाई में नहीं करता है ऐसे चलेगा फंसेगा नहीं <laughs> समझ आ गया, गया देखो साइंस हर जगह है हर जगह लेकिन लॉर्ड मैकाले को जब 1861 में भारत में शिक्षा व्यवस्था सौंपा गया था उसने कहा था कि भारतीयों को इस तरह से शिक्षा व्यवस्था दीजिए कि इन्हें एहसास भी ना हो कि इन्हें मजदूर बनाया जा रहा है ये बताओ अगर आपको कह दे कि आप जाके चाइना पर कब्जा कर लो ठीक है चाइना पर सौ साल से आप कब्जा कर लिए और आपको की शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो आप क्या बनाएंगे कि यहां के लोग ऐसा शिक्षा व्यवस्था अजीब अजीब टाइम का बना दिया वहां पर हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी हम हिंदी नहीं लेकर बायोलॉजी लेना चाहते थे नहीं ले सकते थे आप बायोलॉजी पढ़िएगा हमको बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है कर भी लिया होगा हो गया होगा हो हो क्लास जो नहीं किया बाकी होगा हम हिंदी लेकर क्या करेंगे हम हिंदी लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश के जगह हम इंग्लिश भी नहीं लेना चाहते थे कुछ और रहता है उसमें पॉलिटी रहता है हिस्ट्री रहता है या जोग्राफी रहता है क्या करेंगे हम इंग्लिश लेके हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था लेकिन नहीं मैकलवा ऐसा ऐसा कहा कि जो आदमी काम लायक हो सकता है उस सबको छाट दिया ऐसा किया ना जिसका कोई हद नहीं मोबाइल की कंपनी वाले वही करते हैं सब कैमरा बढ़िया देगा तो इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं देगा एक्सटर्नल मेमोरी दिया तो बैटरी का पावर घटा देगा को मोबाइल दीजिए जिसमें सब कुछ है नहीं आईफोनवा सब देगा तो इतना बड़ा चौकी बराबर बना देगा इतना बड़ा होता है मोबाइल उसमें तो यही जानबूझ के किया सब में कोई ना कोई कमी रहे और 2020 में इस चीज को सुधारा गया कितना टाइम लग गया 2020 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है आप लोग भी ऐसे ही पढ़े होंगे बताए एक कॉमर्स का लड़का ज्योग्राफी लेना चाहे नहीं ले सकता कामर्स पढ़ा है कहे नहीं ले सकता तो ये होना चाहिए लॉर्ड मैकाले यही बोला था चौपट किया था और इसने इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया कि लड़के लोग को जल्दी समझ में ही नहीं आता है वन आप फिजिक्स विजिक्स में देखिएगा हम लोग के तीन चार मास्टर थे लोग टीचर लोग फिजिक्स के कई लोग उसी में एग्जाम्पल देंगे इसमें स्थिति जुर्जा नहीं होगी इसमें पोटेंशियल होगा ये हो गया और हम लोग के कुछ ऐसे गुरुजी थे जो किताब की भाषवे नहीं सुनते थे अगल बगल में क्या हो रहा है फिलिम उ क्या हो रहा है इजिली समझ में आता है संज्ञा के नहीं अब गति केवल गति जुर्जा का एग्जाम्पल कितना अच्छा है पुष्पा ये तो खाली श्रीवल्ली के पीछे पड़ल है बताओ एग्जाम्पल पुष्पा का है कि श्रीवल्ली का है खाली श्रीवल्ली श्रीवल्ली अरे अपने नहीं देख रहा है